इस गुड मॉनिंग मैम कम टू मार्निंग गायज हम सोट हो चुके तो आज मैं लेट हो उठाऊँ क्योंकि मैं रात बहुत लेट से हो जाता गैस दो बजे से गया मैं रात थे तो मुझे नहीं इधारती थी अब भी नहीं था है बट मैंने सोचा मैम कि यार जाते हैं ब्लॉग भी बनाना और क्योंकि रात मैंने ब्लॉग एडिट करा रात के दो बजे तक मैं जब तक नहीं सोचा तब तक मेरा काम नहीं हो जाता पूरा तो गैस फिलन तो, भी तो अभी हम के रेडी खाना और मुझे प्यास लग रही थी तो मैं पानी लेने गया था तभी तो मेरे साथ एक पोपट हो गया और जब मुझे प्यास लग रही थी तो मैंने ना फ्रिज में से बॉटल निकाली उसमें बर्फ जम चुकी थी बर्फ जम गई थी तो मैंने उसको गर्म पानी में डाल दिया नॉर्मल पानी में नॉर्मल पानी में डालने के बाद थोड़ी देर बाद मैं देखने के लिए गया उसे तो बोतल ही फट गई नीचे से फिर मैंने उसमें से सारा पानी निकल गया देखा ये बोतल कैसे फट गई भाई ये क्या हुआ मैं तो सही के गया अभी आपको दिखाता हूँ कैसे पानी निकल रहा है इसमें से देखो भाई ये पानी ऐसे निकल रहा है इसमें से यार लेकिन ये हुआ कैसे समझ नहीं आया कुछ तो वो पट हो गया तो कोई बात नहीं चलो अब चलते हैं हम स्पॉट को साफ करने के लिए और और ये लोग दुकान पे गए थे दीपक और सौर्य ये दोनों दुकान पे गए थे तो आ, ये दोनों आज आ भी चुके दुकान पे यहाँ घर पे तो हम करेंगे स्पॉट साफ क्यूँकी वो बहुत गंदा हो रहा है उसमें रह नहीं पा रही है तो चलो चलते हैं है, है, मछली machilika parne kandorai tarauche chaukarni jaange zarur chalte you stood out cuz you were in right man i guess my intentions <laughs> are let you turn me violent instead This moment, making mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Do you make it go? मैंने स्पॉट साफ कर दिया है और हाँ वो जब मैं स्पॉट साफ कर रहा था ना तो उसमें से यार बस एक मछली की जिंदगी बच गई पता नहीं कैसे करके गॉड आज उसके दिन सीधे थे इसीलिए वो बच गई नहीं वैसे मैं जब उसे निकाल रहा था तो क्या हुआ ऊपर जैसे मैंने उसे ऐसे उसमें पकड़ा उसकी जो चलनी सी होती है पता नहीं क्या है वो उसमें पकड़ा निकाला बाहर वो सबसे बड़ी मछली है उसे बाहर निकाला और वो जैसे बाहर निकाला तो एकदम फड़फड़ाने लगी फड़फड़ा फड़ उसने और वो नीचे आके जमीन पे आके गिर गयी और वो फड़फड़ाने लगी बहुत फड़फड़ाने लगी फड़ लगी तो गाइस बस वो पता नहीं कैसे बची गई वो मैंने हाथों से बहुत जल्दी से पकड़ के एकदम से उसमें डाल दी मैंने तो वो बच गई बहुत ज्यादा मेहनत की मामा ने मेरी बहुत ज्यादा मेहनत की, और और की। और और और... मामा ने और और मकया मेहनत की पूरी पूरी और वो है। पूरा एक लगा के बोल इसी फिर बच पा ली थी नहीं क्या बचा रही हमने जबी जबी में थे, में बहुत बहुत करते, नहीं तो गाइस, बताना दीपक की एक्टिंग कैसी लगती है? दीपक वो मुझे देख देख के ब्लॉग सीख गया करना। तो आप कमेंट आप बताना कि दीपक की आवाज और दीपक कैसे बोलता है तो भाई जब हमारा यहाँ पर चल रहा है डिनर आज की सब्जी आज की सब्जी बहुत अच्छी बनी है और तब तक तक डिनर करते हैं मिलते हैं आपको डिनर करने के बाद तो गाई बहुत ज्यादा रात हो चुकी है और रात के बारह बज रहे हैं मैं आपको टाइम दिखा दू आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो अगर पसंद आया तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय nampakala oh, <laughs> huh? uh -huh. mm. uh, mm. ha ha po to kaise jayegi po parne po kaise kunki hmm kitna bahut kara hmm pakla you don't wanna know if i feel alright i don't wanna just forget i just wanna be fine i'll be waiting for a sign to light up yeah and your heart is out of sight i just wanna feel my <coughs>